कहते हैं कि मुझे तो इसे अपने पास बुलाना है तब भगवान बलि को आवाज लगाते हैं अपने पास बुलाते हैं देखिए सुनिए तिर द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भिक्षा पात्र में कोई भी पैसे धन नहीं डालेंगे सबसे निवेदन है, है एक लीला है कि वो भिक्षा पात्र लेकर घूम रहे हैं लेकिन हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम भगवान को कुछ दे सके तो सबसे निवेदन है सिर्फ दर्शन करें दूर से उनके भिक्षा पात्र में कोई कुछ भी ना डालें। उठी है सारी धरती देख ले कैल उठी है सारी धरती देख लेठी है सारी धरती देख ले कैसा <काँग> कहते हैं कि आज दान करने में सकुचाना नहीं भगवान ने कहा आज लुटा दे रे सर अपना बली ने कहा कहिए क्या चाहते हैं आप अरे आज तो मन करता है कि अपनी सारी चीजें लुटा कर सब कुछ दान कर दूं। ठाकुर जी ने कहा हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए पहले तो वचन चाहिए कि हम जो मांगेंगे आप हमें वही देंगे राजा ने कहा अरे वचन की कोई जरूरत नहीं आपको जो मांगना है आप मैंने कहा तो आज मन करता है सब कुछ दूं नहीं पहले वचन वचन राजा ने कहा ठीक है मैंने दिया आप जो मांगेंगे मैं आपको वही दूंगा ठाकुर जी कहते हैं मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हम तो संतुष्ट ब्राह्मण हैं बस तीन पग भूमि चाह तीन पग भूमि मतलब तीन पैर राजा हंसने लग जाते राजा ने कहा एक तो आप खुद छोटे से आपके पैर छोटे छोटे तीन पग भूमि में क्या मिल जाएगा अरे आप कहो मैं आपको अपना आधार राज्य दे दूं भगवान कहते नहीं हम तो संतुष्ट ब्राह्मण हैं ज्यादा नहीं चाहिए तीन पग भूमि चाहिए शुक्राचार्य जी को बात थोड़ी अटपटी लग रही है बार बार तीन पग भूमि तीन पग भूमि उन्होंने नेत्र बंद किए नेत्र बंद करते साक्षात परम पिता परमेश्वर सामने खड़े है शुक्राचार्य जी कहते हैं मना कर दो वचन दीपीजे हट जाओ ये विष्णु है अरे तीन पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा ये। बलि ने कहा अब तो वचन दे दिया और इससे बड़ी बात क्या होती है कि भगवान मेरे दरबान में आए हैं मुझसे कुछ अरे दी मैंने तीन पग भूमि ये बात कहते ही भगवान अपना आकार बढ़ाना शुरू करते बढ़ते बढ़ते, बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते भगवान ब्रह्मांड तक चले जाते हैं अब भगवान अपना पहला पैर रखते हैं पूरी धरती नाप लेते पैर रखते हैं पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं दो ही पैरों में सब कुछ मिल गया भगवान कहते अब तीसरा कहा रखू बली ने कहा कि बात बताइए दान बड़ा कि दानी बड़ा बताओ कौन बड़ा दान बड़ा कि दानी, दान दानी, दानी बड़ा दानी बड़ा तो राजा बलि कहते तीसरा पैर मुझ पर रखो और भगवान अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखते हैं। ने ने दियो। जब जब नरती पर इस प्रकार भगवान तीन लोक चौदह भुवन देवताओं को वापस करते अब कथा आती है इक्श वसुवंश के बारे में इसमें राजा नभग हुए राजा नाभाग हुए राजा अम्बरीश हुए राजा अम्बरीश की छोटी सी कथा है राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे तो वो एकादशी का व्रत किया करते थे